के घमंड के चलते बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया मंत्री गिरिराज सिंह ने छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी पर और इंकार इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना उनके प्रोटोकॉल में नहीं है अब सवाल यह पद और सत्ता ने मंत्री जी के ऊपर कर दिया है का कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण से इनकार कर दिया गिरिराज सिंह ने कहा यह हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है दरअसल छिंदवाड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ता गिरिराज सिंह के आव भगत के लिए खड़े हुए थे एक कार्यकर्ता ने बताया कि उनके यहाँ रीति है कि कोई मंत्री आता है तो उनसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण कराते हैं इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था माल्यार्पण करने पहुंचे गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा ये उनके प्रोटोकॉल में नहीं है हालांकि कार्यकर्ताओं को खड़ी खोटी सुनाते हुए उन्होंने प्रतिमा का माल्यार्पण किया लेकिन उनके इस व्यवहार को लेकर अब आलोचना शुरू हो गई है लोगों ने इसे शिवाजी महाराज का अपमान बताया है Osionfish. इस कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे क्या है कि एक तो हमको सूचना मिली थी कि मंत्री महोदय बारह बजे आने वाले थे जी और बारह साढ़े ग्यारह बजे से वहाँ कार्यकर्ता खड़े हुए इतने धूप में अब धूप में खड़े थे तो चलो भाई अपने मंत्री महोदय उनका स्वागत अच्छे से होना चाहिए और अपनी आगे है कि जो भी मंत्री आते हैं अपने परम सत्य छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर माल्यार्पण करते हैं ये अपनी परम्परा है उस मुताबिक हमने उनको कहा कि भाई आप यहाँ आए हैं अपने सद्य छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एकदम से मना कर दिया और ये बोलना कि भाई हम हमारे पुर्तुगाल में नहीं ग्रुपर एवरीज प्रोवाइडिंग डिलीवरिंग दैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन